चार अगस्त का राशिफल वृषभ राशि के जातकों के लिए क्या कुछ लेकर के आया है वृषभ राशि के जातकों आप लोगों को एक आवश्यक सूचना फिर से बताए दे रहे हैं कि चार अगस्त रात्रि 10 से 11 बजे तक की मैं लाइव रहूंगा आप लोगों के मध्य आप लोग फोन कर सकते हैं और अपनी कुंडली पर फ्री विश्लेषण हमसे करवा सकते हैं चार अगस्त रात्रि दस से ग्यारह बजे के मध्य नंबर है नाइन राशि के जातकों आज का दिन जो है क्या कुछ रहेगा तो आज का दिन आपके लिए मध्यम फलदायी रहने वाला है मित्रों तथा जनों के साथ आपकी जो भेंट हुई जो है हुई होगी उससे कुछ रिजल्ट निकल करके आएंगे आप आज के दिन अधिकांश भाग धन संबंधी योजना बनाने में बिता देंगे इसके साथ साथ आज कई तीर्थ यात्राओं का योग वृषभ राशि के जातकों के लिए बन रहा है वृषभ राशि के जातकों जीवन साथी के साथ समय बड़ा आनंदपूर्वक बीतेगा संतान पक्ष से कोई खुशखबरी से मन बड़ा आज आपका प्रसन्न रहने वाला है आज के दिन का को सफल बनाने के लिए प्रयोग क्या करना रहेगा तो आज प्रयास ये करिएगा कि सूर्यदेव को अर्घ्य दीजिए आदित्य स्रोत का पाठ करिए और आपके लिए जो शुभ कलर रहेगा ये आज रहेगा ऑरेंज कलर शुभ अंक रहेगा तीन